ऐ सुनो का है बहुत भाव बढ़ गए हैं तुम्हारे तो तुम्हारो भी तो तु भाव बढ़ गए हैं तुम हमसे कर रही हो जब हमारा भाव बढ़त था ना तो लोगों का बजट हिल जाता और जब हमारा भाव बढ़ते तो बाजार हिल जाते चुप हो जाओ कम भक्तो कहीं हमारे भाव बढ़ गया ना तो सरकार पलटिए सरकार आ, आ, लगा सकते नंबर ऐसी पहले दो लगा देना